dora kare dewa ligari disi mar ko ya basi dewa ligari disi mar ko ya basi baru banud gai re dewa ligari चिल दावीनगर के रे चिलयारी बुढ़वा ला के राज करैया ारी राज बालू गई भी नहीं बनवा दारू बालू गए रे दारू बाल उड़ा रजगारी भी नहीं बनकोया बस बेबार गरीबी गाड़ी गाड़ी